हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज हम देखेंगे बहुत सी बार क्या होता है आपका मोबाइल हैंग हो जाता है आप कुछ वर्क कर रहे हैं कुछ भी मोबाइल में गेम खेल रहे हैं कोई वीडियो देख रहे हैं बहुत सी बार मोबाइल हैंग हो जाता है तो फ्रेंड्स हैंग होता क्यों है फ्रेंड्स सपोज़ आपके मोबाइल की जो मेमोरी है आपके मोबाइल की रैम है उसका प्रोसेसर है वो उतना हाई कॉन्फिकेसन का नहीं है जितने हाई क्वानफिकेशन के आप उसमें गेम खेल रहे हैं या आपने जितना ज़्यादा डेटा स्टोर कर रखा है या आपकी रैम उस लेवल की नहीं है जितनी जिस लेवल का आप वर्क कर रहे हैं तो फ्रेंड उस कंडीशन में आपका मोबाइल हैक हो जाता है तो फ्रेंड्स आप उस हैंगिंग प्रॉब्लम को किस तरह से काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं फ्रेंड उसके लिए आप क्या करेंगे जितनी भी डिलीट अनवान्टिड फाइल्स होती हैं वो आप क्लीन करेंगे फ्रेंड्स इसका मतलब ये है सपोज आपने अपने मोबाइल में जैसे बहुत सारी बहुत सारी वेबसाइट ओपन कर रखी हैं एग्जाम्पल मैं गूगल क्रोम पर गया अभी यहाँ पे तो मैंने देखा आप देख रहे हैं कि वन ऊपर थ्री आ रहा है थ्री आ रहा थ्री वेबसाइट ओपन है अभी मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा हूँ आप जब भी आपके मोबाइल में अपने दे, से देखेंगे सपोज़ आपके मोबाइल में फाइव फाइव फाइव वेबसाइट ओपन हुई भी हैं टेन ऑफ वेबसाइट ओपन हुई हुई हैं फ्रेंड्स आपको एवरी टाइम उनको क्लोज़ करना है अभी आपने उनको उन वेबसाइट को देखा कुछ इन्फॉमेसन गेन की जब आपका उनका वर्क ख़त्म हो गया आप उनको क्लोज कर दीजिए आप ऐसे इस तरह से उनको क्लोज़ कर दीजिए इससे क्या होता है फ्रेंड इससे भी आपकी मेमोरी और आपका फ़ोन हैंग हो जाता है बहुत सी बार स्टोरेज उसकी ज़्यादा होती जाती है मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है तो फ़ोन आपका बहुत सी बार ऑटोमेटिकली हैंग होने लगता है तो फ्रेंड पहली चीज़ आप ये करेंगे सेकेंड चीज़ क्या है फ्रेंड्स आपके आप अपने फ़ोन के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद आप ऐप वाले ऑप्शन पे जाएंगे नीचे आएंगे आप ऐप पे जाएंगे ऐप पे जाने के बाद आप मैनेज ऐप पे जाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये आपकी ऐप ओपन हो के आ गई बहुत सारी इसमें बहुत सारी इनबिल्ड उसकी फंक्शनलिटी होती है फ़ोन की वो सब उससे रिलेटेड होती हैं वो सब भी आएँगी और जो आपकी ऐप हैं वो भी आएँगी फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे जी ये दिखा रहा है यूज़ वनडे अगो की एक दिन पहले यूज़ की है और एक सौ पचानवे एम डेटा कंज्यूम कर रही है एक सौ पचानवे एम की ये स्पेस ऑकोपाई कर रही है इसी तरह से फ्रेंड्स आप आपकी जो भी ऐप इंस्टॉल है आप सबके बारे में देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है उससे क्या हो जैसे पेटीएम दिखा रहा है यूज़ टेन डे वो दस दिन पहले आपने यूज़ की थी और एक सौ की ये मेमोरी ओकोपाई कर रही है फ्रेंड इसी तरह से क्या होगा आप ये चेक करेंगे और जो भी आप ऐप देखते हैं जो बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑक्योपाई भी कर रही है और फ्रेंड्स आप उसको इतना यूज़ भी नहीं कर रहे हैं आप कितना यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सब शो हो जाएगा जैसे यहाँ दिखाई दिया इसने 10 डेज अगो ये आपने ये मैंने जैसे इसमें दिखाए दस दिन पहले यूज़ किया इसी तरह से आप अपने फ़ोन की ऐप्स के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं जो भी आप ऐप की आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते और हैवी है आप उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए आप सिंपली यहाँ से ऐसे जैसे पेटीएम पर गए फ्रेंड यहाँ पे नीचे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है आप इस अनइंस्टॉल से आप उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे फ्रेंड्स बहुत सी बार क्या होता है अगर आप कोई ऐप अनइंस्टॉल करते हैं वो अनइंस्टॉल नहीं होती इस तरह से भी बहुत सी एप्स के लिए आता है और आप उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते और मेमोरी स्पेस भी ज़्यादा है तो फ्रेंड्स आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे उसको फोर्थ इस्टॉप ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है अनस्टॉल से पहले फोर्थ इस्टॉप अभी डिसेबल मोड में है क्योंकि ये यहाँ से अनस्टॉल हो जाएगी जब इंस्टॉल नहीं होती है अगर कोई ऐप तो उसका फोर्स स्टॉप वाला ऑप्शन अनेबल दिखेगा आपको आप उसको फोर्सली स्टॉप कर देना है इससे भी फ्रेंड्स आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा और मेमोरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी ठीक है फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है और फ्रेंड्स क्या करना है आपको अपने फ़ोन में अवॉइड मल्टी बहुत सारे वर्क एक साथ नहीं करने बहुत सारे वर्क एक साथ नहीं करने का मीन्स अगर आपकी मेमोरी ज़्यादा रैम ज़्यादा नहीं है प्रोसेस उस लेवल का नहीं है तो जो भी आपने जैसे अभी मैंने वेबसाइट दिखाई बहुत सारी वेबसाइट ओपन की है, कर रखी है सपोज़ आपने टेन ओपन कर रखी हैं ट्वेंटी ओपन कर रखी हैं और आप कुछ कुछ और भी वर्क करते जा रहे हैं फ्रेंड्स पहले आप उनप्स को उन वेबसाइट को उन बहुत सारी ऐप जो ओपन करिए उनको क्लोज कर दीजिए फिर अपना वन बाई वन वर्क कर लीजिए एक साथ इतना ज़्यादा इस तरह से करेंगे तो हैंगिंग प्रॉब्लम आ जाती है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और फ्रेंड्स आप इस तरह से आप करेंगे आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा और भी फ्रेंड्स में आप दिखाता हूँ बहुत सी बार क्या होता है फ्रेंड्स मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज आपकी फुल हो जाती है इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाती है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी फ्रेंड आप एक क्या कर सकते हैं आप प्ले स्टोर में जाएँगे प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे मूव टू एस डी कार्ड फ्रॉम फ़ोन ये क्या करेगा फ्रेंड मूव टू एस डी कार्ड फ्रॉम फ़ोन फ़ोन मेमोरी से आपके एस डी कार्ड में आपका डेटा आपकी फ़ाइल्स आपकी इमेज वीडियो वहाँ पे मूव करा देगा फ्रेंड जितना आपका इंटरनल स्टोरेज फ्री रहेगा उतना ही फ़ोन आपका अच्छा वर्क करेगा तो आप इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल करके आप अपने इंटरनल स्टोरेज को फ्री कर सकते हो आप इंटरनल स्टोरेज का डेटा अपने मेमोरी कार्ड में मूव करा सकते हो उसके थ्रू भी फिर आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा बैटरी भी लैस कंज्यूम होगी ये सब चीज़ें फ्रेंड्स इसके थ्रू आपकी होंगी तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फ्रेंड्स आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा और बहुत अच्छे से वर्क करेगा तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट हो कोई क्वेश्चन हो आप मेरे को क्वेश्चन कीजिए कमेंट कीजिए मैं आपका रिप्लाई करूंगा उसका और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू